हेलो विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और अपने एसपी क्लासेस में आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो वह वह क्वेश्चन क्या है अगर आप लोग जो है इस टॉपिक को जो है नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग जो है पछताएँगे क्योंकि यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम दो दिश्ट के दृष्टि दिश्ट से क्योंकि जो है यह क्वेश्चन जो है सन दो नौ दस ग्यारह पंद्रह अट्ठारह उन्नीस और बीस में लगातार पूछा गया है तो वह क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन तो प्रतिरोधों का संयोजन जो है हम लोग दो प्रकार से करते हैं पहला है श्रेणी क्रम संयोजन इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं और दूसरा समांतर क्रम संयोजन इसको पैरल कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन क्योंकि जो है हमने जो इससे पहले जो है अगले वीडियो में पढ़ा था सीढ़ी क्रम संयोजन तो आप लोगों ने जो है अगर सीढ़ी क्रम संयोजन नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग जाकर पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आप लोग जो समांतर क्रम संयोजन को पढ़िए क्योंकि दोनों जो है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए फिर जो है बाद आप लोग जो है क्रम संयोजन को जाकर पढ़ लेना अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए तो उसका जो लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोग जाकर वहाँ से जो इसको पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने जो इसको फिगर बना लिया है आगे से पहले से तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर को बना लीजिए और जो आप लोग जब भी पढ़ा करो ना तो कॉपी पे ले पढ़ा करो तब तो जो ज़्यादा समझ में आता है आप लोगों को तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है मान लीजिए यहाँ पर परिपथ बनाया और परिपथ में प्रवाहित धारा आई है तो यहाँ पर जो है प्रवाहित धारा आई है तो यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में जो है धारा बट जाती है तो यहाँ पर धारा आई वन चली जाएगी यहाँ पर आई टू और यहाँ पर आई थ्री और समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध समान होता है तो यहाँ पर जो प्रतिरोध जो है यहाँ नहीं समांतर क्रम में जो है प्रतिरोध अलग होता है जो है धारा बढ़ जाती है विभव समान होता है तो यहाँ पर आर वन प्रतिरोध लगा है और आर टू लगा है और आर थ्री तो यहाँ पर जो हमने तीन जो है प्रतिरोध लगाया है आर वन आर टू और आर थ्री और इसमें जो विवाह कितना है इसमें जो इस पर आर वन पर भी विवाह भी है और आर टू पर विवाह भी है और आर थ्री पर जो है भी, भी है और यहाँ पर जो प्रवाहित धारा जो है यहाँ पर आई है और यहाँ से जो धारा बढ़ गई और यहाँ से फिर से जो है आए, आई आएगी धारा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप लोग इस परिपथ को बना लीजिए और हम लोगों को आज पढ़ना है क्या समांतर क्रम संयोजन तो यहाँ पर जो है हेडिंग लगा लीजिए आप लोग इसको जो थोड़ा आगे कर देते हैं तो यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए आप लोग समांतर क्रम संयोजन तो हम लोगों को समांतर क्रम से पढ़ना है तो यहाँ पर जो समांतर क्रम में क्या हमने आप लोगों को बताया कि समांतर क्रम में जो धारा बढ़ जाता है और विभव समान होता है तो यहाँ पर जो नोट पॉइंट में कर कर हम आप लोगों को लिख देते हैं आप लोग जो इसको याद कर लेना तो समांतर क्रम में जो है समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है धारा बट जाती है और दूसरा है समांतर क्रम में क्रम में विभव समान रहता है समांतर क्रम में विभव जो है समान रहता है और समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है इसका जो है जस्ट उल्टा उल्टा जो है श्रेणी क्रम संयोजन में है उसमें जो है विभव बढ़ जाता है और धारा जो है समार रहती है तो न्यूमेरिकल लगाते हैं यहाँ पर जो है धारा तथा जो है यहाँ पर धारा क्या हो जाएगी तथा जो धारा आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस जो है डॉट डॉट डॉट यहाँ पर जो आप लोग कितने भी प्रतिरोध बहुत सारे प्रतिरोध लगा सकते हैं आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाते समय जो समझ में आएगा तो इसको जो थोड़ा सा आगे कर देते हैं तो जो है धारा बराबर हो जाएगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री तो जो ओम का नियम क्या था ओम का नियम यही था ओम के नियम से हम लोग जो इसको सॉल्व करेंगे ओम के नियम से ओम के नियम से ओम का नियम क्या था वी बराबर आई आर तो यहाँ पर जो I बराबर हो जाएगा वी बटे आर आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा तो यहाँ पर जो धारा हमने क्या लिखा था आई बराबर धारा लिखा था आई बराबर आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट तो यहाँ पर धारा आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो आई बराबर वी आर हो गया तो आई वन बराबर हो जाएगा वी बटे आर वन और आई टू बराबर हो जाएगा वी बटे आर टू और जो आई थ्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो आई टू बराबर हो जाएगा वी बटे आर टू और जो आई थ्री बराबर हो जाएगा वी बटे आर थ्री तो यहाँ पर जो आई वन बराबर कितना हो जाएगा वी बटे आर वन प्लस जो आई टू बराबर वी बटे आर टू और जो आई थ्री बराबर हो जाएगा वी बटे आर थ्री प्लस जो है डॉट डोट डोट ऐसे जो आप लोग बहुत सारे लिख सकते हैं जितना जो है न्यूमेरिकल में दिया रहेगा उस हिसाब से आप लोग लिख सकते हैं तो जो यहाँ पर जो है हमने धारा को जो सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर जो है आई बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो सब में आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है आप लोग बताइए जो है इसमें जो है वी जो है कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर जो है भी बाहर हो जाएगा तो इसका जो है मान आ जाएगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री तो यहाँ पर जो है आई बराबर आ गया वी एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री तो जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है हमने आई का मान निकाल लिया तो अब लोग जो, अब जो हम लोग उस जो पहले जो हम लोग सर्किट बनाए थे उसको जो है अब लोग यहां पर हम संशोधित करके बना देते हैं यहाँ पर जो सर्किट ऐसा बनेगा जो है यहाँ पर यहाँ पर कुंजी लगा दी गई और यहाँ पर जो एक प्रत्यावर्ती स्रोत यह जो है परिपथ सर्किट यानी परिपथ यहाँ पर जो मान लीजिए प्रवाहित धारा आई है और यह जो प्रतिरोध है इसको हम लोग जो है आर इक्वेलेंट मान लेते हैं और जो इसमें विभव भी है और इसमें एक बैटरी लगाई गई है और यहां पर जो है कुंजी है तो यहां पर जो है I बराबर हो जाएगा यहाँ पर I बराबर हो जाएगा वी बटे आर इक्वेलेंट वी बटे आर इक्वेलेंट बराबर भी इंटू आर वन प्लस आर टू तो यहाँ पर भी वी से कट जाएगा तो यहाँ पर जो है R इक्व का मान आ जाएगा लगभग तो यहाँ पर जो है का माना जाएगा, एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट तो जो है यही जो है समांतर क्रम संयोजन के जो सूत्र का निगमन है जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यही है और इस श्रेणी क्रम में होता तो R इक्व बराबर हो जाता आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तो इसमें आप लोगों को नोट पॉइंट क्या याद रखना है जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया कि समांतर क्रम में धारा जो है बढ़ जाती है और समांतर क्रम में विभव समार रहता है अगर आप लोग जो है इसको जो है पढ़ लेते हैं अगर आप लोग जो इसको याद कर लेते हैं तो आप लोगों को निमेडिका लगाते समय बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि जो है जहाँ आप लोगों को समांतर क्रम दिखेगा वहां पर जो आप लोग उस धारा को जो है अलग कर देना बांट देना और जो है श्रेणी क्रम दिखेगा और जो उसको जो है सिम रखना क्योंकि श्रेणी क्रम में जो है धारा समार रहती है तो जो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर आप, को तो अगर आप लोगों को जो है कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें अगर आप लोगों को जो है कोई भी इसमें जो है नई समझ में आया हो तब भी कमेंट करें अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो वह आप तक सबसे पहले पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद